ए वो बेवफा है तो तुम वफा कर दो वो बेवफा है तो तुम वफा कर दो और मोहब्बत में अपना हक अदा कर दो और वो गालिब होने लगे तुम्हारे होशोहवास पर तो जनाब वक्त रहते दफ़ा कर दो